नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर रवि में दोस्तों आज हम बात करेंगे पतंजलि की दिव्य प्रवाल पृष्ठ भस्म के बारे में जी हाँ दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको पतंजलि की दिव्य प्रवाल पृष्ठि भस्म के लगभग 31 फायदे 31 वन बेनिफिट्स बताऊँगा जिसमें दोस्तों आपकी सारी लगभग बीमारी की मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल आरआरआर रवि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा इसे आप प्रेस कर लीजिए और प्रेस करने के बाद में पास में जो बेल आइकॉन है इसे भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग और हेल्थ रिलेटेड वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले व सबसे जल्दी मिल सके दोस्तों आपसे निवेदन है कि जब आप बेल आइकॉन प्रेस करो तो बेल आइकॉन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर सेव कर लीजिएगा और जिन लोगों ने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है वो लोग भी चेक कर लीजिए कि आपने नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन को को सेव सेव करा करा है है या नहीं नहीं क्योंकि दोस्तों जब तक तक आप नोटिफिकेशन को सेव नहीं करोगे तब तक आपको आने वाले नए वीडियो की जानकारी नहीं मिल पाएगी तो दोस्तों आप कंफर्म कर लीजिए कि आपने नोटिफिकेशन को भी सेव कर लिया है। दोस्तों इस में मैं आपको मैं के पूरे फायदे बताऊंगा दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये प्रवाल पृष्ठी भस्म चाहिए या अगर आप आपकी किसी भी बीमारी को लेके मुझसे मदद चाहते हैं पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपको ऑन कॉल पर्सनल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवा दूंगा जब आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा इसके बाद में दोस्तों मैं आपको कॉल करके आपको पर्सनल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवा दूंगा आप कृपया उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा वो कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग रहेगा दोस्तों सबसे पहले हम इसके ऊपर पढ़ लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है इसके बाद में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या काम आती है कि प्रवाल पृष्ठि होती क्या है दोस्तों इसके ऊपर लिखा हुआ है दिव्य प्रवाल पृष्ठि दोस्तों ये जो दिव्य है यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा पतंजलि की जो दवाइयाँ बनती है वो दिव्य फार्मेसी के अंतर्गत बनती है ठीक है तो ये जो दिव्य है यहाँ पे आप बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत होइएगा ठीक है इसके ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों प्रवाल पृष्ठी ठीक है इसके अंदर कंपोजिशन कंपोजिशन नो पतंजलि दिव्य प्रवाल पृष्टि दोस्तों इसमें जो है पाउडर फॉर्म में मिला हुआ है बिल्कुल बारीक पाउडर फाइन पाउडर में शुद्ध प्रवाल ठीक है और गुलाब जो है उसका इसमें अर्क मिला हुआ है मरदाना के लिए ठीक है दोस्तों इसमें इसका जो डोज और मेथड ऑफ यूज लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ 250 मिलीग्राम विथ हनी बटर और घी एमटी स्टोमकली और डायरेक्टेड बाई द दे फिजिशियन देखिए इसका दोस्तों आपको ढाई मिलीग्राम तक लेना है शहद से मक्खन से या घी से खाली पेट दिन में दो बार सुबह शाम ठीक है या फिर आप इसको चिकित्सीय निरीक्षण में प्रयोग करें दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ ये जो भस्म होती है काफ़ी स्ट्रांग होती है दोस्तों और इसको अकेले इसका सेवन नहीं किया जाता है इसको दोस्तों आप उचित मार्गदर्शन में आपकी जो बीमारी है उस बीमारी के अनुसार आपको किस दवाई के साथ में इसको लेना है और कैसे आपको इसका सेवन करना है ठीक है और कितनी मात्रा में आपको इसका सेवन करना है वो दोस्तों आप पर्सनल कंसल्टेंसी जब आप मुझसे लेंगे तो मैं आपको आपकी बीमारी के अनुसार बता दूंगा तो दोस्तों इसको अकेले कभी भी नहीं लिया जाता है तो ये आप कंफर्म रखिएगा बाकी मैंने आपको मेथेड एंड मैथड ऑफ यूज जो है और डोजेज है वो मैंने आपको इसमें बता दिया है दोस्तों इसके बाद में इसमें यूजेस लिखा है कि क्या क्या, क्या काम आती है बेनिफिट्स ऑफ so, पतंजलि दिव्य प्रवा पृष्टि दोस्तों इसमें जो यूज लिखा है वो है कासा रोग, मनोदौर्बल्य ओजस काया हृदय रोग एक्सेट्रा इतनी सारी चीजें दोस्तों इसके अंदर लिखी हुई है कि इतने रोगों में काम आती है हालांकि मैं आपको इसके 31 फायदे जो हैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप करें आप शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है मतलब दवाई है और ये दस ग्राम की पैकिंग में आती है दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये जो आप यहाँ पे देख रहे गोल गोल सर्कल ये एक्चुअल में भस्म है इसके अंदर ये गुलाबी कलर की दोस्तों भस्म निकलती है ठीक है गुलाबी कलर ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में भस्म है और ये देखिए ठीक है गुलाबी कलर की ये भस्म होती है और इसके बाद में इसमें पीछे क्या लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं दोस्तों पीछे इस पे लिखा हुआ है प्रवाल पृष्टि 10 ग्राम की क्वांटिटी में आती है ये और दोस्तों इसकी जो कीमत है केवल सत्तर रुपए है ओनली सेवेंटी रुपीज ठीक है केवल सत्तर रुपए की यह भस्म है और सत्तर रुपये में दोस्तों आपको 10 ग्राम भस्में मिलती है दोस्तों काफी सस्ती भस्म है अगर आप कंपेयर करेंगे किसी दूसरी कंपनी से तो दोस्तों ये थे पतंजलि दिव्य प्रवाल पृष्टि के कुछ ओवरव्यू अभी दोस्तों में इसके बारे में बता देता हूँ कि प्रवाल पृष्टि एक्चुअल में कैसी होती है इसकी तासीर कैसी होती है दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका होती है कि जो भी भस्में होती है जो भी ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयां होती है ये काफ़ी गर्म होती है और हम गर्म चीज़ें हमको नुकसान करती है तो ऐसा नहीं है दोस्तों ये जो प्रवाल पृष्टि है दोस्तों ये ठंडी होती है इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है तो जो गर्म प्रकृति के लोग हैं जिस जिन लोगों के जो प्रकृति है तासीर है वो गर्म है वो लोग इसका सेवन बिल्कुल कर सकते हैं मतलब आप बिल्कुल भी डरिएगा नहीं क्योंकि प्रवाल पिश्ती जो है ठंडी तासीर की होती है और कोई भी व्यक्ति इसको जो है ले सकता है उसका सेवन कर सकता है दोस्तों अब हम बात करते हैं पतंजलि दिव्य प्रवाल पृष्टि के फायदे के बारे में जी हाँ दोस्तों बेनिफिट्स ऑफ पतंजलि दिव्य प्रवाल पृष्टि या फिर पतंजलि दिव्य प्रवाल पृष्टि के फायदे दोस्तों प्रवाल पृष्टि जो है आपको अगर कफ हो रहा है या फिर अगर आपको पित्त दोष है तो इसमें आपको बहुत अच्छा जो है ये फायदा करेगी कितना भी पुराना अगर आपको कफ है या फिर पित्त दोष है जैसा इसमें भी लिखा है पित्त रोगा तो दोस्तों इसमें आपको बहुत अच्छा जो है ये फायदा करेगी दोस्तों अगर आपको आंखों से संबंधित कोई भी रोग है या आंखों से संबंधित कोई भी परेशानी है या नेत्र रोग है स्पेशली अगर आपको डायबिटीज के कारण अगर आपकी आंखों का रेटिना अगर डेमेज हो रहा है या आंखों की आपकी रोशनी कही है या फिर आपको चश्मा लगा हुआ है तो दोस्तों उसमें भी आप जो है पतंजलि दिव्य प्रवाल पृष्टि भस्म का उपयोग बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी है जी हाँ दोस्तों एक होती है दोस्तों एसिडिटी और एक होती है हाइपर एसिडिटी मतलब बहुत ज्यादा अम्लपीत हाइपर एसिडिटी तो हाइपर एसिडिटी वालों के लिए भी प्रवाल पृष्टि रामबान औषधि का जो है काम करती है तो हाइपर एसिडिटी में आप प्रवाल पृष्ठी भस्म का उपयोग बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों जिन लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी है ठीक है तो ऐसे में अगर आप प्रवाल पृष्ठी भस्म का उपयोग करेंगे तो आपको जो कैल्शियम की कमी है वो आपकी जो है पूरी हो जाएगी तो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है दोस्तों ये प्रवाल पृष्टि दोस्तों ये बाल रोग में बहुत अच्छी काम आती है दोस्तों बाल रोगों से मेरा तात्पर्य यहाँ पे बच्चों के रोग से है हेयर से नहीं है ठीक है जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो बीमारी होती है उसमें ये बहुत अच्छे से दो, दोस्तों जो प्रवाल पृती वो काम आती है तो अगर छोटे बच्चों के अगर आपको कोई भी रोग हो रहे तो उसमें आप इसका जो है बच्चों का सेवन करा सकते हैं हालांकि मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको इसका सेवन करना है या सेवन बच्चों को कराना है किसी को भी इसको लेना है किस क्वान्टिटी में लेना है कैसे लेना है तो इसके लिए आपने कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी ले लीजिएगा स्क्रीन पे पे दिए गए व्हाट्सएप व्हाट्सएप नंबर आप जब मुझे करेंगे तो मैं आपको पर्सनल ऑन कॉल प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों ये जो टीबी होती है यानी क्लोरोसिस टीबी के और टीबी के, के साइड इफेक्ट, मतलब इफेक्ट दोनों में बहुत अच्छा जो है प्रबल भस्म फायदा करती है दोस्तों ये अगर आपको खांसी हो रही है अगर बहुत ज्यादा खांसी है बहुत लंबे टाइम से अगर आपको खांसी नहीं जा रही है तो ऐसे में भी अगर आप प्रवाल पृष्ठ भस्म का उपयोग करेंगे तो आपकी खांसी में आप देखेंगे कि आपको आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलता है लेकिन खांसी के लिए भी आपको इसको जो है प्रॉपर डोजेस के साथ में पूरा कम्प्लीट लेना पड़ता है जिन लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है दोस्तों बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है मेरे पास में भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए हैं जिनको बहुत पसीना आता है मेरे पास में दोस्तों एक ऐसा केस भी आया था जिसकी हथेली में हाथों में इतना पसीना आता था दोस्तों कि मतलब भले ठंड हो गर्मी हो बारिश हो कोई भी सीजन हो हमेशा हाथ मिलाओ तो पसीना पसीना उनका कहना था कि सर ऐसा लगता है कि मैं मतलब दिन भर हाथ धोते रहता हूँ इतना पसीना आता है दोस्तों तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीने की शिकायत है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो ऐसे लोग अगर प्रवाल भस्म का उपयोग करेंगे तो आपको बहुत जो है फायदा होगा। लोगों को दोस्तों पेशाब में जलन होती है ठीक है बहुत बहुत हमेशा पेशाब में जलन होते रहती है ठीक है अगर आपको पेशाब में जलन होती है यूरिन में जलन होती है तो दोस्तों ऐसे में आप पतंजलि दिव्य प्रवाल पृष्टि भस्म का उपयोग बिल्कुल कर सकते हैं उस समय में दोस्तों आपको ये जो जलन होना है बिल्कुल बंद हो जाएगी दोस्तों जिन लोगों को बहुत ज्यादा प्यास लगती है बहुत ज्यादा प्यास अगर लग रही है तो ऐसे में अगर आप पतंजलि प्रवाल पृष्टि का उपयोग करते हैं तो ये प्रवाल भस्म आपको बहुत ज्यादा जो प्यास लगने की जो प्रॉब्लम है ठीक है उसमें आपको बहुत ज्यादा जो है मदद करेगी बहुत ज्यादा जो है फायदा करेगी दोस्तों ये जो प्रवाल पृष्ठिभस्म है ये आपके हार्ट को मतलब हृदय को बल देने वाले, वाले बहुत अच्छी एक ऐसी दवाई है जो आपके हार्ट को या हृदय को बहुत अच्छा जो है बल देती है दोस्तों अगर आपको शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो चाहे आपको गठिया हो या मतलब एक होता, है, एक होता है तो दोनों ही प्रकार के गठिया में या फिर किसी भी प्रकार के दर्द में आपको ये जो प्रवाह पृष्ठी भस्म है बहुत अच्छे से जो है ये आपको फायदा करेगी दोस्तों अगर आपको गठिया की वजह से जो जोड़ों पे स्वेलिंग आ जाती है या अल्थराइटिस की वजह से जोड़ों पे जो सूजन आ गई है स्वेलिंग आ गई तो उसमें भी आप प्रवाल पृष्टि भस्म का बिल्कुल उपयोग कर सकते हैं जिन लोगों की हड्डियाँ कमजोर है तो कमजोर हड्डियों के लिए ये बहुत अच्छी जो है फायदेमंद साबित होती है जिन लोगों की हड्डियाँ में कट, कट कट कट कट की आवाज आती है वो लोग भी इसका जो है सेवन कर सकते हैं दोस्तों एक तो मैंने आपको बताया था हाइपर एसिडिटी ठीक है बहुत ज्यादा एसिडिटी बहुत ज्यादा अम्लपीठ उसमें तो ये काम आती आती है लेकिन ये साधारण एसिडिटी में भी काम आती है जी ये दोस्तों अगर आपको सामान्य एसिडिटी है तो उसमें भी आपको प्रबाल पृष्टि बहुत अच्छे से जो है काम आएगी सामान्य एसिडिटी में भी आप इसका अगर सेवन करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा जो है लाभ देखने को मिलता है अगर आप इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं दोस्तों तो इसमें आपको बहुत जल्दी जो है रिलीफ या फिर राहत देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपको बुखार की समस्या है अगर आपको किसी भी प्रकार से बुखार आ रहा है बुखार की समस्या है तो दोस्तों बुखार के लिए भी दोस्तों ये बहुत अच्छी रामबाण औषधि है ये सभी प्रकार के दोस्तों बुखार में काम आती है यहाँ तक कि चिकनगुनिया डाइ डेंगू स्वाइन फ्लू कोरोना वायरस सभी प्रकार के बुखार में दोस्तों इसका आप उपयोग कर सकते हैं ये आपके किसी भी प्रकार के बुखार को दूर करने में आपकी बहुत ज्यादा जो है मदद करेगी दोस्तों जिन लोगों को नाक से खून आने की शिकायत है जिन लोगों को नक्सीर की शिकायत है तो ऐसे लोग अगर प्रवाल पृष्टि का उपयोग करेंगे तो नाक से खून आना दोस्तों आपको जो है बंद हो जाएगा जिन लोगों को बार बार पेट दर्द होता है पेट दर्द की समस्या है ऐसे लोग अगर प्रवाल पृष्टि का उपयोग करेंगे तो पेट दर्द की समस्या से आपको बहुत जल्दी जो है राहत देखने को मिलेगी दोस्तों जिन लोगों को मूत्र संक्रमण की शिकायत है ठीक है तो मूत्र के संक्रमण में ठीक है आपको बहुत ज़्यादा ये जो है फायदा करेगी यू यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब किसी भी प्रकार का आपको यूरिन में इन्फेक्शन है ठीक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हो गया है यूटीआई हो गया है तो इसमें भी आपको प्रभाव पृष्टि बहुत अच्छे से जो है फायदा करती है जिन महिलाओं को मासिक आ, मासिक धर्म के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है उसमें भी अगर आप प्रवाल पिस्टे का उपयोग करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा जो है लाभ देखने को मिलता है दोस्तों जिन लोगों को हाथ पैर में जलन होती है दिन भर हाथ जैसे मेरे पास में बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि सर हमारे हाथ के तलवे में और पेड़ों के तलबे में मतलब हथेली में और पेड़ के तलवे में जलन होती है तो ऐसे में दोस्तों अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको बहुत जल्दी जो है लाभ देखने को मिलता है जिन लोगों को दोस्तों बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है या जिन लोगों को डिप्रेशन की समस्या है या दिमाग की कोई भी समस्या है तो डिप्रेशन के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है ये प्रवाल पृष्ठी भस्म डिप्रेशन में दोस्तों इस भस्म का आप रामबान उपयोग जो है कर सकते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा खांसी होने पर जो छाती है उसका मांस जो फट जाता है उसमें भी दोस्तों प्रवाल पृष्ठी भस्म बहुत अच्छे से आपको जो है लाभ करेगी दोस्तों गर्भावस्था में भी बहुत अच्छी जो है ये लाभकारी सिद्ध होती है दोस्तों ये जो प्रवाल पिष्टि है ये सप्त धातुओं की पुष्टि करती है मतलब आपके शरीर में सातों धातुओं की ये आपको पुष्टि करेगी मतलब किसी भी धातु की अगर आपको कमी हो कि आपके शरीर में तो उसकी परिपूर्ति करेगी दोस्तों अगर आपकी आंखों में जलन होती है तो आंखों की जलन को खत्म करती है ये प्रवाल पृष्ठी भस्म जी हाँ दोस्तों अगर आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है या फिर आंखों में जलन होने की समस्या है तो ऐसे में आप प्रवाल पृष्ठी भस्म का बिल्कुल जो है उपयोग कर सकते हैं दोस्तों बच्चों की अस्थिवस्तता में ये बहुत ज़्यादा जो है लाभकारी सिद्ध होती है जिसको बोलते हैं रिकेटस जिसमें दोस्तों जो बच्चों की हड्डियाँ होती हैं ना वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों को भी सीधी करने में ये जो पतंजलि की बस प्रवास पृष्ठी फस में ये बहुत अच्छे से जो है फायदा करती है बच्चों को दांत आने में जो समस्या होती है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो दांत आने में समस्या होती है ऐसी समस्या में भी दोस्तों आप इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको बवासी है यानि पाइल से मसा है बगंदर है फिस्टूला हो गया है तो ऐसे में भी दोस्तों अगर आप प्रवाल भस्म का अगर उपयोग करेंगे तो दोस्तों ऐसे में आपको प्रवाल भस्म बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा करने वाली है और अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो या फिर लीवर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या हो तो ऐसे में दोस्तों अगर आप पतंजलि प्रवाल पृष्टि भस्म का उपयोग करेंगे तो दोस्तों आप यकीन मानिए आपकी लीवर और डाइजेशन से संबंधित समस्या आपको बहुत जल्दी जो है दूर होगी लीवर के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी रामबन औषधि ये है पतंजलि की दिव्य प्रवाह भस्म। तो दोस्तों लगभग मैंने इस वीडियो में आपको 31 से भी ज़्यादा लगभग 35 से 40 फायदे इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं इस प्रवाल पृष्टि भस्म के बारे में अगर दोस्तों आपकी कोई प्रॉब्लम है या फिर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी कुछ लेना चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा मैं आपकी कमेंट का दो से तीन घंटे में जरूर से जरूर जो है आंसर दूँगा और दोस्तों अगर आपको ये पतंजलि के प्रवाल पृष्ठि भस्म चाहिए या फिर आप आपकी किसी भी बीमारी को लेकर पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो दोस्तों स्क्रीन पे नंबर पे नंबर मुझे कर दीजिएगा, मैं ये कोरियर आपके घर तक भी आपको इसको पहुंचा दूंगा, और आपको को नहीं किया है तो दोस्तों के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए प्रेस करने के बाद प्रेस कर लीजिए बेल आइकन प्रेस करने के बाद में दोस्तों ओल्ड नोटिफिकेशन को सेव करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि दोस्तों अगर आप ओल्ड नोटिफिकेशन को सेव नहीं करोगे तो आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी इसलिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो लोग भी चेक कर लीजिए कि आपने ओल्ड नोटिफिकेशन को सेव करा है या नहीं करा है दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो की लिंक को कॉपी करके आप कृपया जरूर, जरूर लगाए दोस्तों इस वीडियो को आप व्हाट्सएप और फेसबुक के सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ में इसको जरूर शेयर करें और समाज सेवा के कल्याण के काम में आप अपना भी एक योगदान देवे दोस्तों हर बार की तरफ हमारे चैनल पे आके हमारे वीडियो को देखने के लिए हर बार की तरह हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए हर बार की तरह हमारे वीडियो के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम